तो बस आज मैं आप सभी को लोगों को बताने जा रहा हूँ आप फ्री में आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं एक ईजी मैथर्ड जिससे आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपके व्यूज भी बढ़ेंगे तो पहले मेरे चैनल के वीडियो को लाइक कर देना अब आपको क्या करना है आपको यूट्यूब में चले जाना है या वाई स्टूडियो में चले जाना है जैसे मैं वाई स्टूडियो पर गया अब आपको एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना या फिर अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेना है जैसे मैं रिफ्रेश मारता हूँ एक मिनट जो पहले सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों जैसे मैं इसको अब देखो फेयर पर क्लिक करता हूँ अब मैं आप इस, इस वीडियो को कॉपी कर लेता तो, हूँ अब मैं आपको चल जाता हूँ टेलीग्राम में अब मैं टेलीग्राम में जैसे ही गया इस आपको इस टेलीग्राम पे सर्च के बटन पे क्लिक करना है सब सब फोर अब जैसे ही सर्च कर लो जब आपके इतने सारे ग्रुप आ जाएंगे आपको किसी भी ग्रुप जैसे मेरा प्रोसेस जारी है अब देखो आप जैसे ग्रुप में जुड़ गए आपको आ जाना है और इधर लिखना है सब फोर सब आप डीएम करो मतलब इसका मतलब है डीएम और अगर आपके कोई ऐसा मैसेज नहीं आता है तो आपको किसी की वीडियो पे चले जाना है और लिखना है सब फोर सब किसी के चैनल के बायो में चले जाना है जैसे अभी इसका तो रिफ्रेश ही मारेगा तो देखो ये रहा देखो मैं इसको लिखता हूँ सब फॉर सब आपको भी लोग ऐसे लिखेंगे अगर आप ग्रुप में मैसेज भेजोगे ग्रुप में मैसेज भेजना आपको सब्ज्राइबर अच्छे मिले अब देखो मैं बहुत सारे लोगों देखो ये लिखना है अब आप आपको वीडियो की लिंक भेज देनी आप जैसे आप वीडियो की लिंक भेजो ना आपको इसकी वीडियो पे लिंक पे लिंक क्लिक करना है आप, जैसे आप क्लिक करो आप यूट्यूब में चले जाओगे देखो, इसकी वीडियो आप में आप तो देखो आप आप आप फिर, आप फिर आपको अटैच का ऑप्शन आएगा उस पर आपको फोटो भेजी थी वो अटैच कर देनी है अब देखो अटैच कर दी अब मैं लिखता हूँ यू यू लिख रहा अब उसने मैंने लिखा यू अब वो करने जाएगा गाइस अभी देखो ओके अभी देखो प्रूफ के साथ मिलेगा गाइश तो बस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज यार गाइज सब्सक्राइब प्लीज तो एस एस दो एस दू। एस दो वही देखो मैं आपको ये सब सारी लिंक आपको ग्रुप में मतलब उधर भेज दूंगा फर्स्ट सब्सक्राइब करो मेरा चैनल भाई ऐसे तुम मैंने क्लिक कर दिया तो वही अभी वो दे देगा एसएस तो ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को देखो चलेगा मैं आपको प्रूफ दे के जाऊंगा रुको गाइस रे फटाफट दे भाई वीडियो को करना लाइक वीडियो को करना सब्सक्राइब वीडियो करना लाइक वीडियो को करना सब्सक्राइब थैंक यू गाइस वेल बाय बाय